अब आपके देवनारायण भगवान की एक लोर बोला वहां के बाद प्रोग्राम चलो वो बाजी निवेदन है बाबू जी का गर्भवती लगावे बोल देवी दरबार दे। कड़का हो पांच हो। हो। हो। मिनट के बाद नारायण भगवान की आराधना करा हाँ। हाँ। जितनी भी ब्रजा तका पार्सों पर का मेहमान सभी जन भगवान के दरबार में आया तका हो दरबार के थे आपो पूर्ति न यो भगवान थारे द्वारे आया तका हां कई ने लाया दो हाथ लाये जने ऊंचा करिया अम्मा की लाज राख दी और कई वाह भाई हां मारी पूर्ति कर दे तो याद ऊंचा कर दो तने माने तने जोरदार जयका लगावणो विराजमान सभी भक्ताने आ चश्मा वाला बा हां पजे एक ले आओ दया करो जय हां बोलो काकड़गा का शामे की A to da zamiki, a rey na da var da kaadme tharode. ये दे देव परवा तेदी बाई घोड़ा की आज मेल में था को लो खड़क दे दो खांडा को, के को। या पीवी नीर के घोड़ा भाड़ी हाँ। तू तो। रुखांडो ले भाई। खांडो ले मंजू खंडो देवता लागे, दोसे, प्रोजा देखो तो जान जान जान में में में में आया भाई में आया आया का रावजी की भाई तका हो आज आज के पेड़ में आ, आ, जो ते खंडों ने देवो दे तो समझे पेड़ी या तोक, तोक वेनु मर्जाई। मर्जाई। यो सी अरे तारी के लाए रे ले ले ले ले ले गया। ये तो जा। और जट जट के लेना भी रवाना हाँ। आरी भादल आध्याशी खांडो हाथ में लेला जन्म को बेर पूरा करवाई गुजर हाँ का के टेप गया दारू पीवा ने एक देवी सामना देवल का रूप रूपमा ने जटे एक मालण करती, करती। माला पेरा मैंने रोज को एक सोना को टको दे एक टको देखे दो देखो में गुद्रा हाँ हाँ ने मारा माल गुजरा के नाटक नाड़ा मालन माला, ना, ना। माला मालन फर फर का माला नगत माला मालन आज में कई मन में कई दो हे महाराणी तो परी अरे अरे नाम के किया। किया। अरे के समाचार समाचार जरूर किया किया कई कई क्या क्या ये ये तू बेटी मंदिर दो काली समा जरुर बंद कर दीजिए अब माड़ा पेरा तो खरी पे खाडोरे रन भाजी का नाला में चूसी का उतार अरे अरे अब वाला बं, बं, बंद कर दीजिए। देवी के के ने पुरो हाँ। कारण हाँ। जी का बादल मिल उतारियोड़ा निशान करे राज धरती माता ना दीदी कि आज मु एक फेरो, फेरो। आ, मारी दूजा के अरे माराग फांति ए ए हाँ। एक किलो तो जाए किराने के आज पन्नी उठे जायेरे उठे लड़ता जो तो तो आज की के की के साने सिया। ने। आ सोडे राउू जी ने खांडो ले जा भोड़ा हिरासोरी खांडो ले संपा में तेजर का हाथ में खांडो जी मारा तेजल की ना डाली धोखो धोखो खांडो दीदा की अब जीत आवे हाँ, कोने पेड़ी मगर में रोई रोई मर्द हताया रोई, आखुई, हराने अबे तो, का मोड़ा हलवी यो खंडा की दार कालो चिटे में सु के श्री हाजी देव व्यास नरनसी गाडरी कारी रे अरे बन तारे सी है बकी हां कंदाचर फूल अरे ंदड़ा अरे अरे ताबा रोई रोई ताया यो मर्द मर्द माल दाती में में तो घर को रो भाई भगवान शंकर सगविकी मेरा और की चाकरी फिर जाइए मंगी लाल जी मंगीलाल जी गाड़ी मंगीलाल जी नजारी आओ आओ मांग बाओ एउरा मांगले होरा आओ आओ अरे आखिर आ तो बचडा कार्य आवे फेरा खबर टेम पे कटे गफरिया रे मांग धन्यवाद। जान थाई रहा रणक रावजी की जान रवाना विन सखी सल्या जान बला वो देरी के थाके वेगी तोरण के टीएम थे पनबा ने बेगो सारणो हां नंदखारी के तीर को रणक रावजी की जान रवाना विन मारो बाले के मनेडो करावे हल्दी पिटी करावे करावे हाँ कही कही अरे ने रवाना रामने कई कई ढोकरा नहीं कि बना थी घोड़ी पे बैठाने तो ले नावे हां सखी सिन्हा जाने रे कर्बला की डॉक्टर बने कही के ए दादा हे ए दादा भाई ओ अरे ओ के संगर मिलियो अतुरो बांध मिलियो और मतलब કદી બાંજો પરવા ન મેલ્યો તો કતે રે અરે તું પંડ બજારીયો હા ઓ થોડી તું પંડ બજારીયો મને તો થાળિયા મેલ્યો એ સરાઈ જે થાળયાં કે રાજે મને થાળના આજી દું કે સરાઈ હુંની મેલ્યા ગોછા ખાઈ ગઈ જનગડા ખાઈ ગયા મારું ગાડી મેલરાઈ તો નિર ખા જાય હા મારું ગાડી ઓર ઉઠા દો રગવાળી મળે અરે પંડ તું પંડ બજારીયો હા થોડી મારી તો હોસ રે कंडा नाम अरे ई गाम में यूं रोतो भर रियो फरेन हैं फरेन फेरो अच्छा अच्छा मारे ले गट्टा छोरो देखी कन ना देखी हां तन मारे ओदन जावे रे ले नो अच्छा डेट का संकोण धरा आई बजे अच्छा मुझे मने यूं ही मरनो पे आड़ी की वो यूं ही सेणो है जे यूं ही मरनो होज लेना हां डेट की छाला डेट धरा आई होज ले या को अदर जवाब ना लागे थार भाई जी उ बात करे हां थारे कई सारियो अरे दादा भाई मैं यूं रोतो करियो गांव में तो रोतो पर थारो कई काम है थोड़ी घणी मारी भी देख थार रे थार थारी कई थे के थोड़ा मारी थारे ठिकाणो कर अरे वो देख ले दो छोरिया होरी है जे दो छोरिया हां तो की करनो थारा कई करनो हार तो यूं जाओ कर हां जाओ करनो हां के शिव करनो इने राबादो था अरेडी अरे केटी के पटकी दे तोला पास जाते केरी गेटेक बड़ ददुला अरे थारे ला भाई अरे इने समझावे ना बोलियो हां थारी वेस्ता कर में ली मु अच्छा वेस्ता कर में ली हां कई वेस्ता कर में ली भाई गांव बाणा चार पिल्लर खड़ा करा हां सतरा हार खाले खापई न काणा बात केवे न थी भाई वो वेस्ता पहले महाराज आयो ने हां के लियो पहले मसाना में जे थारी वेस्ता कई नहीं अब दादा भाई मसाना में करतो दीजा जी में मेरा हल कराओ जी तुरड़ पावे आवे कही सकी गीत गावे फिर की बात वातावरण भाला जी, नीचे जा पड़े ने, बड़े। प्ड़े, प्ड़े के रोड़ा कुटू आल्लाई दादा बहरा भगवाना बिरा ला। रनक राव जी सजतोन का ऊपर धान माथा पुपड़गी पगड़ी अरे पड़ियान मेली हिंदी पड़ियार ने हला घोड़ी लाजे रे बापू देवी सामण को शक्ति को हिंदी पड़ियार संभाग में जा नियन केरे रे निया घोड़ी देदे रे बापू देवी सामण को शक्ति को हमारी दारी हबड़े हां निमा कैले बायो गोड़ी गोड़ी। अच्छा बाकी घोड़ी देगी अरे प्रोजा की देवा। अच्छा अब ताई दो हाथी बन दो गाँव का नट गया कही क्यों गाँव में हाथी में मारवा घोड़ी घोड़ी अरे अरे अरे देवा लेना देव। दे देव। मैं दे दे तो लाया जरूर लाया तोड़ ना गला अरे या नौन है, मैं तो और सबके अलग अलग, अलग आती है। का के आती, हाँ। आती अच्छा दो का अरे माँ अच्छा। का, अच्छा। का गांव आते मांग। था तोड़ आज आज आज का मात्री का घोड़ी घोड़ी यार मन अरे देवा कोई नहीं की भूल जिधर और को ब्याव में सलाम अहमदाबाद जो पिछले हजारों वर्षो से मंदिर बना हुआ है, है। वहां का डेवलप नहीं हो पाया, नहीं हो पाया था।, था ये अपने सामने जो हस्ती जो खड़ी है श्रीमान के तन तन से, से, से, से, पिछले पांच सालों से, से, से, से, से गातोर जी भक्त मंडल के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी गातोर जी में डेवलप हुआ है सिर्फ केसुलाल जी माली साहब की बदौलत लेते इन आग्रह करेंगे काकड़शिया मंदिर के लिए इन सब भक्तों को, तो को विश्वास, आशीर्वाद हुए बहुत बड़े अहमदाबाद में बहुत बड़े बिल्डर है कम से कम अहमदाबाद में किस साइड चलती है बड़े बड़े टावर आज का सौभाग्य है कि जी मालवी मालवी बैज। के में हर मन का नसीर के मुंडन के मुंडन में में नसीब हुए हैं और जितनी मैं तारीफ कर रहा हूं उससे भी हजार गुने अच्छे हूँ समाज से भी आदमी है हर पल हर समाज के लिए तैयार रहते हैं श्रीमान केसुलाल जी से दो सब और श्री मुकेश जी शंभुनाथ जी संपत जी महाराज रामचंद्र जी एक सापा पहन के स्वागत करें अमदाबाद से स्पेशल आए और भोपाल जी जी जी सब जने जने आपके स्थानीय गांव के श्रीमान का पिता दिल से एक बार स्वागत करें अहमदाबाद से विशेष आपके दादा के दरबार में दर्शन करने के लिए बधारे हुए हैं भोपाल जी हीलाल जी स्टे बजारे महाराज और यहाँ के जो भी संपत जी वगैरा जैसे इनका स्वागत होने वाले दोस्त इनके दोस मुखबिन से सुनेंगे अपने रोकते खड़े, खड़े हो जाते हैं इनके मुंह से जो आवाज, आवाज निकलती है अपने बाल खड़े हो जाते हैं, शरीर में आवाज आवाज सुनके आवाज आवाज आवाज में इनकी आवाज़ आवाज़ इतनी दम तो श्याम की दोस्त इनके मुखबिन से सुनना चाहेंगे अपन सभी जयकारा बोलेंगे। बोलेगा तड़िया श्याम की, बोलेगा कढ़िया देव की। सम्मानित सभी भक्त मानों, मंच पर सभी कलाकार बंधुओं, हमारे खास अजीज, भाई रमेश जी, नाथु भाई, मदन जी और पूरी टीम। सम्मानित यहाँ के सभी महानुभाव माता और बहनों सर्वप्रथम मैं व्यक्ति मंडल की ओर से रमेश जी का आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ मेरे को आज से तीन दिन पहले यहाँ के किसी भाई साहब का फोन आया था आपको आज के इस कार्यक्रम में आना है मैं एक मीटिंग से आ रहा हूँ मेरी मीटिंग साढ़े बारह बजे खत्म हुई समाज का थी और वहां पर बोलने का कुछ अवसर इसलिए गला भी आज काम नहीं किया है मैं आप बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ आपने आपको कि मुझे इस पास की धरती पर आकर आपके सबके दर्शन हुए क्योंकि जब साढ़े बारह बजे मेरी मीटिंग खत्म हुई तो आधा घंटा तो मैं इस विचार में इतना लेट हो गया जाऊं या नहीं जाऊं लेकिन कहते हैं भक्ति और श्रद्धा हमेशा खींच के लाती है मैं आपके यहाँ के, के निवेदन को और भाई रमेश जी के आदेश को टाल नहीं सका से रवाना हुआ आपके बीच में आया और आधा पौन घंटा मुझे यहाँ रास्ता ढूंढने में लग गया तो मैं इधर से इधर आटे मारा था नया था तो रास्ता नहीं मिल रहा फिर तो तो भाई मदन जी को बुलाया और रस्ते के माध्यम से आपके बीच में आया मैं अपने आप को बहुत बड़ा शोभा मानता हूँ आपके दर्शन हुए ऐसी कोई बात, बात नहीं है। जैसा जी बता रहे थे। आ, इतना है मैं आज से अहमदाबाद में, में, में व्यवसाय भावना था कि क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें मेरे अकेले का कुछ नहीं था भाई रमेश जी नाथी भाई मदन जी हितेश जी ऐसे एक मजबूत टीम साथ में थी कैसे जब हाथ से हाथ मिलता है तो हमेशा किसी काम में सफलता जरूर हासिल होती है। इनका व्यवसाय बम्बई में था मेरा व्यवसाय अहमदाबाद में था जब इन्होंने आकर मुझे कहा कि मैं अपने को जुड़ के इस कार्यक्रम को करना है तो हमने एक बड़े संघर्ष के बाद आज अगर आप जी जाते हैं और वहां का जो डेवलपमेंट देखते हैं तो आपको लगेगा पिछले पांच सालों में गातोर जी बहुत बहुत और हमारी अभी इच्छा है मैं गातोर जी को उस डेवलपमेंट को उस राजस्थान के नक्शे पर लाना चाहता हूँ मैं आप आशीर्वाद मैं ज्यादा कुछ आपसे निवेदन नहीं करना चाहता लेकिन आपने जो स्थान के डेवलपमेंट की जो बात की भाई आके मुकेश जी जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ जब कभी भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर, जरूर याद करें मैं इसमें भागीदार बनने का प्रयास करूंगा। मेरे से भी जो होगा सहयोग और जो भी होगा सहयोग इस मंदिर में मैं चाहता हूँ यहाँ डेवलपमेंट हो आपकी भावना यहां से जुड़ी हुई है तो आज मेरी भावना भी इसके साथ जुड़ने का अवसर मिला है आपने जो यहाँ पर आर्थिक सम्मान किया है मैं निश्चित उस खर्च को उतारने का प्रयास करूंगा मैं आज कोई घोषणा नहीं करना चाहता लेकिन आपको विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि इस इस डेवलपमेंट में भागीदार है, मैं एक एक बार पुनः आप सबका आपने आज कर्ज कर्ज मेरे दिया को विकास के रूप में उतारने का प्रयास करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार और भाई रमेश जी का जिनका हमेशा एक अगर भी कह दिया जाए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी के बाप के एक अंत श्रद्धावान जो हमेशा अपने से, अपने दिल से लोगों के दूर दुख दूर करने का प्रयास करते हैं ये अक्षत्र केवल मेवाड़ वागड़ नहीं पूरा क्षेत्र इनसे जुड़ा हुआ है और इनसे आस रखा भी लोगों के दुख दुख को, को दूर करने के भागीदार बनते हैं तो भाई रमेश जी को इस जाता है मैं एक बार बुना और यहाँ के सभी मंडली से एक बात निवेदन करना चाहता हूँ पर्दा नहीं होता अरे हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता कड़े परिश्रम का, का तो चलते हुए अगर जिस हौसले के साथ में आप विश्वास के साथ में यह डेवलपमेंट करना चाहते हैं मैं आपको उतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ इस विश्वास को तोड़े नहीं उसी के साथ में आगे बढ़े बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा एक को मैं एक बार आप सबका करता हुआ अपनी बात विराम देता हूं। बहुत बहुत, बहुत आभार आप सबका बोलेगा शाम की जय हेलो अहमदाबाद से बता रहे हैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि का हमारी पार्टी की तरफ से भी हमारे मुख्य कलाकार भाई बालूराम जी गाडरी सिंधेश्वर कला रेलम शहर के बीच में अपनी पार्टी लेकर बहुत बहुत धन्यवाद हेलो हेलो हेलो हेलो हाँ चमरी के आवे फेरा दे देवे हीरा ने मिलने महाराज हाँ तो कौन हीरा हीरा हीरा की ना ना मेल में बुला है बानू, बानू, बानू, इटेम में इटेम में रात रात बजे बजे तो के लिए बाड़ा है ने कोई आदमी है कन आदमी आदमी भी है मार भाई है आ, हो तो साथ में किया जो चल राम मोने चालू आगे। आगे। थे, तो ओ लो तो हाँ। तो पट चालो कैसा ले ले काम मारो कोई अरे ने ने फेरा जना महाराज ओहो राण ने रानी जयमतीन तो हैं, हाँ, कोई नहीं पन्नाना, पन्नाना, जाओ करनो, जाओ करनो, शादी करनी, शादी करनी, ओ करते हों यो ही काम आपनों, तो महाराज, हाँ, अरे क्या यावो भी है, हाँ, अरे क्या मंत्र अंतरा अवे की इपनो इपनो के है तार क्या कोई सिल्लिया हो, सब आवाज़ पाया फुल पिटिया तक आप, कतरी पिटिया दिखो। तीसरी में तीन बार फेल अच्छा ये तो फूल फूट फूटा ओहो ये तो पैसा ये राण करा यह पंडाणा की शादी करनी शादी अब के रे घना आ उम्र तो तो पता नहीं यार छोरियो काम पावड़ो काम ए छोरी की बाकी छोरी की उम्र तो सोलह साल की सोलह साल के नाम की नाबालिको भया जिदे भया मोहरे बी का नंबर तो है उम्र पड़ ना देना का कई फर्क देख रही हो अरे पारे खाना पड़े पड़े, पड़े। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। या तो पांच की मोटर अच्छा अरे यो को स्टार्टर जो वो कई फर्क पड़े कहीं ना बच्चे लॉडी ने ले पड़ जाए बस अरे तो दो सेल कहीं न मतलब आइए कि जमरे पाया बहन ने खाना परने आखिरी रात वो ठीक तो सामान सब लाया आओ कैसा है अरे सामग्री ब्याह शादी की अरे अशोक कैसा है सामग्री लो कैसा है सबमण तो कंको अच्छा सबा 25 मन रोली अच्छा रोली की हो एक मांवाई बोरी है एक मांवाई बोरी अच्छा और लाए एक श्रीफल ला श्रीफल है लावन तो अरे है तैयार पडियो एक पत्थर पर वोने के करे मातो फोडो तो बीन बीन अरे नारियल ना फोड भागले पत्थर पर छाय ने यार चौधरीमुख सु नारियल फोड खुश महाराज फोडे चौधरीमुख सु नारियल भेरुजिन धूप देनी पेडी ना पे अच्छा वो है कर बे ओ ये हाथवा देख लो देख लो देखता हुए घर में फावण तो नेम शुद्ध साकारी तो करे हां गोल पेर मेंली बाऊजी का है? हाँ तो देख ना ना तो भैया हाँ? साल, दी। साल भेली देखे, अब आज छोड़ आज कर हूं। का छोड़ छोड़ शुरू कर में गांव के हाँ। के पड़े पार्टी को ठेको थोड़ी हाँ। की डारा गाड़ी चिल्ला चिल्ला बाग रेखा जो थोड़ी नामे जो ज्यादा होती है ना बार मोदी की चीज की जगह ये बेटर है लो थोड़ी कम कंपनी की बारे का भगवान जोड़ो है, है भी एक है कहीं देख पेड़ प्यारे अरे महाराज या दया करेगी खाओ बात होगी भैंसा दूध तो ही का रे अरे काना थे के वो तो अरे ना तो ज्यादा जो खर्चो लो काम कर दो बेस। बेस। बोर गें। बोर गें। पाँण पाँण देख पलक पलक करें। ठीक जमजाई जम जाए चाली दन को भैया, खुला पीसा तो तो एक एक मुंडा मुंडा, मुंडा भावना अरे अरे तो महाराज क्या महाराज के के महाराज ना क्या पार्टी मेल दो जोत ले जाओ महाराज जो तरह अरे भैया मुई में लोठ ठला दिया अरे महाराज धर्म देव सो बामण को लाग्यो बस घर कोई काम है होतई मेल दत तेले वो के पिया तो शंगणा वाला तेर मानुली एरिया ताई बोंगली ने मने पकड़नी बेली ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम नमः स्वरूपाय विश्व रे चाय तो गाड़ी प्रसोद्या मंदिर तो बोला ना। मैं या के श्यामंतर बोल रिया आहा बार-बार कोरोना खत्म में उबोरो न होयो जदी शेट्टी उबरे लॉकडाउन थोड़ो थोड़ो की कुलियो आवाज भरी जाओ मारी शेट्टी तो झरपा पांती जाओ हां लाडा हा, लाडी सावधान उपस्थित यो कहिया हो यानी खेरी उबाओ अच्छा उबाओ तू हमजे तू कहते न आखड़ो लाडा लाडी खुश्या हेलो राण मी ने राण करा फेरा याद करे हाँ। ने कर दे देवी। की तीरा, डो डो डाले। की और और पुरब देवजो come <laughs> on छोरी मस्कारी छोरी नमस्कार नमस्कार मोरा पर पूर्व आया I do. तो तो तो तो तो तो बंडो बंडो कौन है है है है के ने ने बैठ बैठ जाओ घूम अब ये अच्छा यो शुरू अत्र फम बढ़ थे थे हैं कि हाथ रखाई खाई जाओ चकरार पड़े करो डीजे डीजे डीजे मार भाई भाई ने अच्छा का चल चल जो नाच छोड़े नहीं मानो तो वास्तव में आदि शक्ति चश्मा जमती और रेणुका राज और धर्म की वेड़ सभी भक्ता ने वो श्रद्धा अनुसार सब पहली बाऊजी जी का भोपाजी फिर जागण वाला फेर, फेर सभी रुपया दो रुपया पाँच रुपया दस बीस पचास सौ पाँच सौ हजार रूपे तरफ से जो भी हो भी छिप्ला जल्दी आ जाओ ob okay. रावो जब नींद न बदले बेवाल मारा यतारे पेड़ी